हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कंटिन्यू स्टडी इंड एंड चैनल आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेवन इंटीग्रेशन सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टू करेंगे जो कि बहुत ईजी है मैंने क्वेश्चन नंबर वन करा दिया है बहुत ही इजी वेस है क्वेश्चन नंबर टू करेंगे क्वेश्चन है हम लोग का तो क्वेश्चन देखते हैं कॉस थ्री ठीक है इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन मैं लिखती हूँ क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में कॉस 3x एक्स इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करें राइट तो देखें सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है ना सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे जैसा कि हम बताएं हैं प्रीवियस वीडियो में कॉस 3x एक्स डी एक्स है ना इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या लिखेंगे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग अच्छा ऑन इंटीग्रेटिंग भी लिख देंगे तब भी ठीक है ना कोई इतना डेढ़ सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है बट तो आप लिख लिख सकते हैं कोई दिक्कत भी नहीं है तो ऑन इंटीग्रेटिंग ठीक है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आप लोगों को बताए हैं कि इंटीग्रेट करते समय क्या होता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे कोफिशन में आपका कुछ भी रहे एक्स के कोफिश में समथिंग कुछ भी रहे तो हम लोग एज इट इज जैसा तो करते हैं फार्मूला जैसा रहता है उसको फार्मूला के हिसाब से करते हैं है ना जैसे कॉस का है फॉर्मूला कॉस का इंटीग्रेशन आपका कॉस एक्स डी एक्स का आपका क्या होता है साइन एक्स राइट साइन एक्स होता है एंड तो अब लेकिन यहां पर क्या है थ्री एक्स है है ना कोफिशियन में एक्स के कोफिशंट में आपका थ्री है तो हम लोग लिखेंगे वही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थ्री थ्री तो लिखना ही है है हाँ ना हम बताए थे थ्री तो लिखना ही है क्योंकि उसका कोफिशियंट है और उसमें एक चीज़ और ऐड कर देना है कि उसका कोफिशियंट का क्या कर देना है डिवाइड कर देना है समझ में आया बस उसी कोफिशंट का डिवाइड कर देना है फार्मूले के हिसाब से जो भी उसका फार्मूला रहेगा कॉज का होता है साइन ही यदि यहाँ पर साइन होता तो साइन का हो जाता है माइनस कॉस है ना अभी बताए भी थे पहले क्वेश्चन में से ही था तो, तो कॉस का हो जाएगा आपका साइन एक्स अब चूंकि x के कोफिशन में आपका 3 है तो साइन 3x को एज इट इज़ लिखेंगे है ना 3x को लिख देंगे बट मेन बात ये रहेगा कि आपका ये उसके कोफिशन के x के कोफिशन के आपका x के कोफिशन के जो भी कोफिशन रहे 3 है यहाँ पर तो थ्री से डिवाइड कर देंगे अब प्लस में आपका एक इक्टो रहेगा ये हम लोग का आंसर है एज सिंपल एज डैट है न ठीक है सो so, <coughs> एक बार समझा दे दी आप लोग देखिए हम लोग से पहलेट कर लेंगे cos 3x ठीक है जो भी क्वेश्चन है ऑन इंटीग्रेटरी लिख देंगे और देखिए फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे cos एस का होता है साइन एक्स हो जाएगा साइन x लिख दिए अब साइन x के जगह पर क्या है यहाँ पर 3x है तो 3x एक्स लिखे यहाँ पर लिखना है और x कोफिशेंट से जस्ट डिवाइड कर देना है और प्लस सी हम लोग का वो कॉन्स्टेंट है ठीक है, है फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट So please do like share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Thank you.